हमको हमी से चुरा लो अपने दिल में जगह तुम बना लो स्वाहा मुझको बरसात बनानो इसको छोड़कर मुझे अपना पति तुम बना लो स्वाहा पूजा खत्म होने के बाद चुम्मा देके जाना स्वाहा